यह है डॉक्टर भारद्वाज का अपना घर वाकई अपना घर, कमाल की जगह है एक विशेषता पर आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है ऐसा कहीं नहीं होगा कोई भी बीमारी हो कोई भी एज हो कितनी भी संख्या हो कोई भी धर्म हो कोई भी जाति हो कोई भी जीव हो सभी को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाएगा इस आधार दिया जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है ना सभी अपना भाग्य हैं। एक ऐसी जगह जहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभु कहा जाता है जहाँ के दरवाजे बेसहारा बीमार गुमशुदा महिलाओं पुरुषों बच्चों बुजुर्गों और यहाँ तक जानवरों के लिए भी हर वक्त खुले हैं क्या भाई है, है से डॉक्टर ज और माधुरी जी ऐसे बिरले दंपति हैं जिन्होंने एक दूसरे से शादी इसलिए की क्योंकि दोनों के ही जीवन का मकसद था बेघरों को घर बेसहारों को सहारा और बीमारों को इलाज देना दुनिया की तकलीफ की चरम है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दूसरी चरम अगर किसी को अगर दुनिया में खुश व्यक्ति अगर देखने आन, देखना हो ना जो लंबी समय तक खुश रह सकता है वो आपको अपना घर में देखने को मिल जाएगा 900 ग्राम बेट के बच्चे जो है हाँ। और ये तो दिन की होगी बेटिया अगर कहे देखो तो पूरे हाथ में आ जाती है ये हम चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे हिंदुस्तान में कि जिसको कोई संभालने वाला नहीं है हम इनको लेके आते हैं कि कोई अपना हो और ये कहे कि मैं हूं ना आप चिंता क्यों करते हो कोई इनको मनोहार के साथ दवाई देने वाला हो थोड़ी सी चाय ले लो उसके बाद लेना दवाई नुकसान का जाएगी आपको यहाँ पे हम परमात्मा की पूजा करते हैं ये हमारे लिए काम नहीं है सेवा नहीं है ये हमारे लिए पूजा है हमारे लिए आराधना है हमारे लिए प्रार्थना है